तो मुझे नहीं सुना हुआ है मैं उनको बोल दू कि उन्हें तो मैं उस खुदा से भी छीन लाता उन्हें तो मैं उस खुदा से भी छीन लाता पर उनकी बातों ने मुझे कायर बना रखा है उन्हें तो मैं उस खुदा से भी छीन लाता पर उनके बातों ने मुझे कायर बना रखा है यूं तो मुझे शौक नहीं है शायरी का पर गूंज की आंखों ने मुझे शायर बना रखा है